मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की उन्होंने बारिश की स्थिति को लेकर मुख्य सचिव एसीएस राजेश राजोरा सहित संबंधित जिलों के कलेक्टर से फोन पर चर्चा की और दिशा निर्देश दिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह कमिश्नर नर्मदापुरम कलेक्टर नर्मदापुरम रायसेन विदिशा भोपाल से फोन पर चर्चा कर बारिश के कारण उत्पन्न हालातों का जायजा लिया उन्होंने सभी को आवश्यक निर्देश दिए हैं लगातार बारिश होने के कारण बरगी बारना तवा डैम के गेट खोलने के कारण नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ा है शिवराज ने कहा हम प्रयास में हैं कि डैम से रेगुलेट कर पानी को छोड़े जिससे कोई अप्रिय न बारिश के कारण नर्मदा नदी के कैचमेंट एरिया के जिलों को अलर्ट किया गया है शिवराज सिंह चौहान ने जनता से अपील की है की लगातार हो रही बारिश के कारण प्रशासन जो निर्देश दे रहा है अलर्ट जारी कर रहा है जनता उन निर्देशों का पालन कर हमारा सहयोग करें। प्रदेश में स्थिति नियं... नियंत्रण में है जिले से कई लोगों का रेस्क्यू किया है कल बालाघाट जिले से किया था तो कहीं कहीं ऐसी स्थितियां बन रही है लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सजग है और लोगों को सुरक्षित निकालने में हम सफल हुए हैं अभी जो बड़ी चिंता है वो इस बात की है चूंकि नर्मदा जी के कैचमेंट में भारी बारिश होने के कारण सभी बांध लबालब हैं और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो बरगी बारना तवा कोलार इन सब से पानी छोड़ा जा रहा है और नीचे भी इंदिरा सागर हो ओमकारेश्वर हो उनके गेट भी खुले हुए हैं अभी यहाँ मैं विचार ये कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने वाला हूँ कि पानी हम बांधों का इस ढंग से रिलीज करें कि एक साथ सब बांधों का पानी नर्मदा जी में ना आ पाए और इसलिए बरगी के गेट अभी खुले हैं लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जब तक बरगी का पानी आए तब तक तवा के गेट हम बंद कर दें तो बरगी और तवा का पानी मिलके भयानक बाढ़ की स्थिति ना बना पाए और वैसे ही बारना से पानी छोड़ना अब हमने कम किया है तो बारना को भी जब तक बर्गी का पानी चूँकि तेरह गेट बर्गी के कल खुले हैं तो आज रात में बर्गी का पानी यहाँ आएगा तब तक तबा और बारना इन दोनों के गेट बंद करके यथासंभव हम बाढ़ की स्थिति बड़ी बाढ़ की स्थिति ना बनने दें और नीचे भी हमारे प्रयास यही है लेकिन अभी भारी वर्षा की संभावनाएँ व्यक्त की है मौसम विभाग ने पूर्वानुमान है तो सभी तरह की सावधानी आवश्यक है और इसलिए कई जगह राहत कैंप की व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ नर्मदापुरम में भी राहत कैंप हम तैयार रख रहे हैं वहां ले जाने की जरूरत न पड़े हमारी कोशिश रहेगी लेकिन अगर वैसी परिस्थिति भी बनती है जैसे सीहोर जिले में हमने कुछ गांव जो घिर जाते हैं चारों तरफ से उन गांव को जैसे सोमलवाड़ा है पूरी तरह से कट गया वो अभी या नीलकंठ पूरी तरह से कट गया है अभी तो हम कोशिश यह कर रहे हैं कि उनके लिए पहले ही हम ऊँचे स्थानों पर ले जाए ताकि अचानक रात में ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो होके जिसके कारण जिंदगी को संकट और खतरा हो तो कोशिश है डिजास्टर मैनेजमेंट का